हेलो मेरे प्यारे दोस्तों कैसे हो आप लोग दोस्तों मैं आपके लिए लाया हूँ ट्रिक जिससे दोस्तों आप लोग इसमें 100 परसेंट विनिंग कर सकते हैं जो लोग दोस्तों कल्पटिशन से पैसा कमाना चाहते हैं और काफी लोग दोस्तों इससे पैसा कमा भी रहे हैं तो दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दे रखा है तुरंत जाकर रजिस्टर करें या तो फिर आप दोस्तों मेरे चैनल को विजिट करें और मेरी जो बाकी वीडियो देख सकते हैं और फिर दोस्तों आप उसमें रजिस्टर कर सकते हैं तो दोस्तों लिख जो डिस्क्रिप्शन में तुरंत जाकर रजिस्टर करें तो दोस्तों मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ ट्रिक तो दोस्तों ये ट्रिक दोस्तों क्या है दोस्तों सबसे पहले दोस्तों क्या करना है ये प्राइज है प्राइज में से दोस्तों ये पीरियड का लास्ट के तीन डिजिट है ना माइनस करने हैं जैसे कि दोस्तों इंद्र 312 है तो दोस्तों यहां जाएंगे कैलकुलेटर में 15312 माइनस पीरियड कौन सा चल रहा है 301 301 तो दोस्तों क्या है लास्ट में हमारा एक एक पे क्या आता है दोस्तों ग्रीन मैं आपको दिखा दूं जो देख सकते हैं एक पे क्या आया हमारा ग्रीन तो दोस्तों हम ग्रीन पे लगाते हैं ₹20 लगा दिए दोस्तों हमने ग्रीन पे ₹20 लगा अपडेट करते हैं कलर आने का और दोस्तों ये 100% दोस्तों विनिंग होगी ही होगी दोस्तों इसमें क्योंकि दोस्तों ये ट्रिक